1988 में आई म्यूजिक वीडियो स्मूथ क्रिमिनल ने हर जगह तहलका ही मचा दिया था जब माइकल जैक्सन अपने साथी डांसर्स के साथ एंटी ग्रेविटी डांस करते हुए नज़र आए थे उस दौर के न्यूरोसर्जन की माने तो स्ट्रांग से स्ट्रांग डांसर भी 20 से 30 डिग्री टिल्ट ही अपने एंकल के सपोर्ट से कर सकता था तो आखिरकार माइकल और उनके साथियों ने फोर्टी डिग्री टिल्ट कैसे कर लिया इसका राज उनके जूतों में छिपा हुआ है दरअसल उनके जूतों में एक ट्रैंगर स्लॉट हुआ करता था और डांसिंग स्टेज पर नेल्स गड़े हुए होते थे जो कि आपस में आकर के इंटरलॉक हो जाते थे जिसकी वजह से फलक्रम एंकल पर शिफ्ट हो जाता था और माइकल जैक्सन एक्स्ट्रा टिल्ट कर पाते थे एंटी ग्रेविटी डांस के लिए बॉडी के एथलेटिक होना भी उतना ही जरूरी है कोड स्ट्रेंथ और स्ट्रांग एब्स के बिना ये डांस पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता है आप खुद ही देख लीजिए